जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं निर्देशांक जयमिति के बारे में निर्देशांक जयमिति में मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे ग्राफ संरचना को जैसा कि ये ग्राफ दिया हुआ है इसमें दो रेखाएं होती हैं एक क्षेत्रिज रेखा होती है जिसे एक्स अक्ष कहा जाता है एक ऊर्धवादर रेखा होती है जिसे बाय अक्ष कहा जाता है क्षेत्रिज रेखा पर यह सेंटर पॉइंट होता है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है जीरो इसका इसकी वैल्यू होती है जीरो राइट जैसा कि इसमें दिख भी रहा है आपको और ये जो अक्ष होता है इसे बाय अक्ष कहा जाता है बाय अक्ष को बाय y डे से निरूपित किया जाता है और x अक्ष को x x डेस से निरूपित किया जाता है x अक्ष में यदि हम देखें तो इस ओर बढ़ने पर मतलब कि राइट हैंड साइड बढ़ने पर प्लस की संख्याएं दी हुई होती हैं वहीं यदि हम x अक्ष के विपरीत दिशा में जाएं, बाएं और जाएं, तो हमें जो है ऋणात्मक संख्याएं दी हुई होती सेम कंडीशन बाय अक्ष की होती है, की है जो उध्वादर अक्ष होता है इसमें जो संख्या ऊपर की ओर रहती इन्हें हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं और जो नीचे की ओर रहती वह ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं। इसके बाद में एक और कंसेप्ट आता है कि एक्स अक्ष की संख्याओं को क्या कहा जाता है एक्स अक्ष की संख्याओं को कहा जाता है भुज एक संख्याओं को क्या कहा जाता है भुज कहा जाता है इन संख्याओं को भुज कहा जाता है और जो बाय अक्ष होता है बाय अक्ष की संख्या को कहा जाता कोटी आप याद कैसे रखेंगे आपको याद रखने या बोला उच्च कोटी का एक की श्रेणी में आता तो उच्च कोटी कोटी कैसी जाती है वर्टिकल जाति कैसी जाती है वर्टिकल मतलब उद्वदल जाती है बाकी बची क्या बाकी बची भुज तो हमारी भुजाएं कैसे होती है लगभग ऐसी होती है तो भुज कैसी हुई क्षेत्र ओरिजेंटल हुई तो ये हमने ग्राफ को मोटे तौर पे देख लिया है ग्राफ में एक और नोटिस करने वाली बात ये है कि इस पूरे ग्राफ को कार्तिकीय तल बोला जाता है कार्तिकीय तल कोऑर्डिनेट प्लेन इसमें आदि आप देखें इस प्लेन को इस ग्राफ ने चार भागों में बांट दिया है जैसे एक कागज का टुकड़ा लीजिए कागज प्लेन कागज लिया आपने चौकोर इस कागज को इधर से काट दीजिए इधर से काट दीजिए मतलब छतिज में काट दीजिए और उद्वादन में तो कितने पीस मिलेंगे आपको चार पीस मिलेंगे उसके पहला ये हुआ दूसरा ये हुआ तीसरा ये हुआ चौथा ये हुआ अगर ये चार पीस हैं इसके तो इनको क्या कहा जाता इनको चतुर्थांश कहा जाता है इनको चतुर्थांश कहा जाता है ये एंटी क्लोगवाइज चलता है एंटी क्लोगवाइज ये प्रथम चतुर्थांश है ये द्वितीय चतुर्थान से ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है इन चतुर्थांश में अलग अलग तरीके से हम निर्देशांक बिंदुओं को निर्देशित करते हैं देखिए निर्देशांक बिंदुओं को निर्देशित करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले नंबर x वाली संख्याओं को निर्देशित किया जाता है इसके बाद में y वाली संख्याओं को निर्देशित किया जाता है आगे हम सवाल करेंगे तो आपको निर्देशा निर्देशित करना भी मैं बताऊँगा किस तरीके से निर्देशित किया जाता है फिलहाल मैं मोटे तौर पर समझ लीजिए पहली संख्या जो रहती है वह एक्स की रहती है और दूसरी संख्या जो रहती है वह बाई की रहती यदि मान लीजिए संख्या को दे दी जाए, जैसे कि दो तीन है। तो इसमें हम क्या मिला देंगे इस तरह से हम इसमेंगे और जहां पर होंगी, इस का नाम रहेगा दो तीन तो देखिए इसमें नोटिस कीजिए आप पहली संख्या भी प्लस की है और दूसरी संख्या भी प्लस किया तो ये प्रथम चतुर्थांश हुआ वहीं यदि संख्या यदि होती माइनस का दो तीन तब क्या होता माइनस का दो एक्स में कहा है एक्स में ये संख्या एक्स की रहती तो एक्स में हम माइनस दो देखेंगे यहां पर माइनस टू कहाँ पर है यहां पर है तो ये द्वितीय चतुर्थांश में जाती है थ्री बाय का प्लस में कहां है यहां पर है मतलब ये संख्या कौन से चतुर्थांश में आएगी द्वितीय वैसे पहली संख्या माइनस की रहती दूसरी संख्या प्लस की रहती सेम यदि संख्या दी वो दो माइनस का तीन तो एक्स में दो कहां है एक्स में दो यहां पर है और बाय में माइनस कहां है बाय में माइनस थ्री है तो ये किस चतुर्थांश में हुई फोर्थ चतुर्थाश तो इसका मतलब है, right? माँणस माँणस तो है? है। मतलब x x वाली वाली संख्या संख्या संख्या में में प्लस की की होगी होगी, और और y y माइनस यदि दी हुई हो तो है? है। है? है। पर ये किस चतुर्थांश में इसको हम मिलाएंगे तो ये थर्ड चतुर्थांश में मतलब तृतीय चतुर्थांश में चतुर्थांश को इंग्लिश में तो इस तरह से अलग अलग बिंदु के अलग अलग निर्देशांक निकलते हैं चिन्ह पर वह डिपेंड करते हैं कि वह किस चतुर्थांश में होंगे किस चतुर्थांश में नहीं तो दोस्तों निर्देशांक जयमितिए के बेसिक कंसेप्ट हमने समझ लिए आइए समझते हैं इसकी एक्सरसाइज के कुछ सवाल जिसमें पहला सवाल दिया हुआ है किसी कालतीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षेत्रिज और उल्ध्वादर रेखाओं के क्या नाम हैं? तो देखिए ये ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है इसमें जो क्षेत्रिज रेखा है और ये उर्ध्वादर रेखा है इनके नाम क्या हैं? क्षेत्रिज रेखा को हम कहते हैं क्या कहते हैं X अक्ष ये X, X डेस ये Y, ये Y डेस और उल्ध्वादर जो रेखा है इसको क्या कहा जाता है बाय अच्छ नेक्स्ट सवाल देखिएगा इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए तो प्रत्येक भाग का नाम आप कैसे बताएंगे सबसे पहले नंबर आप देखिए ये अपना एक अक्ष है ये बाय अक्ष है ये दोनों रेखाएं हैं इनसे कितने भाग बन रहा है पहला भाग ये बन रहा है दूसरा ये भाग बन रहा है तीसरा भाग ये बन रहा है और चौथा भाग ये बन रहा है राइट तो अभी हम पढ़ चुके हैं प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है चतुर्थांश तो आप लिखेंगे उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो देखिये ये अक्ष की रेखा है ये बाय अक्ष की रेखा और ये प्रतिच्छेद कहा कर रही है यहां पर तो ये जो प्रतिचेदन बिंदु है इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु क्या कहा जाता है मूल बिंदु जिसका आ, मान क्या होता है जीरो जीरो नेक्स्ट सवाल हमारा दिया हुआ है आकृति थ्री पॉइंट वन फोर को देखकर निम्नलिखित को लिखिए जिसमें पहला सवाल हमारा दिया हुआ है बिंदु बी के निर्देशांक बताइए तो बिंदु बी इस आकृति में सबसे पहले नंबर आपको देखना पड़ेगा कहाँ है तो बिंदु बी कहाँ पर है यह बिंदु बी आपको दिख रहा है इस बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे निर्देशांक पहले निर्देशांक का मतलब होता पहला अंक जो होता हुआ है x का होता है दूसरा अंक जो होता है y का होता है तो इसमें x वाला अंक कौन सा है x वाला अंक आया है माइनस पाँच कितना आया है माइनस पाँच और y की तरफ जब आप देखेंगे तो y की तरफ कहाँ तक गया दो तक गया है मतलब कि बाय का मान कितना है दो और एक्स का मान कितना है माइनस तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे माइनस फाइव राइट ये इसका आंसर होगा नेक्स्ट दिया हुआ है बिंदु सी के निर्देशांक बताइए तो से से की शुरुआत हुई है वह क्या है पांच है वाई अक्ष पर क्या है माइनस पांच है तो इस बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे सबसे पहले नंबर हम लिखेंगे एक्स का निर्देशांक कितना फाइव है? है और वाई का निर्देशांक कितना है माइनस फाइव है ये इसके निर्देशांक बिंदु हुए ठीक है नेक्स्ट सवाल हमें दिया हुआ है निर्देशांक माइनस थ्री माइनस फाइव द्वारा पहचाने गया बिंदु कौन सा है तो देखिएगा माइनस थ्री कहाँ पर है ये है हमारा माइनस थ्री और माइनस फाइव कहाँ है माइनस फाइव यहाँ है तो इनसे जो बिंदु मिलकर बना है इस बिंदु का क्या नाम है इस बिंदु का नाम है ई क्या नाम है ई कैपिटल ई दिया हुआ है ना नेक्स्ट सवाल में दिया हुआ है निर्देशांक दो माइनस चार द्वारा पहचाना गया बिंदु तो देखिएगा दो कहां पर है दो यहां पर है और माइनस चार कहां पर है माइनस चार यहां पर है तो इन दोनों से जो रेखाएं प्रतिच्छेद होने के बाद जो मिल रही हैं उस पॉइंट का क्या नाम है इस पॉइंट का नाम है जी क्या नाम है जी नेक्स्ट सवाल हमें दिया हुआ है डी का भुज बताइए तो भुज क्या होता है भुज छे लाइन पर होते हैं और कोटि किस पे होते हैं उद्वदर लाइन पर होते हैं मतलब कि एक्स अक्ष पर देखा जाएगा भुज तो बिंदु डी का भुज बताइए तो बिंदु डी कहाँ पर दिया हुआ है ये बिंदु डी दिया हुआ है इसका भुज बताना मतलब एक्स अक्ष की वैल्यू बताना तो एक्स अक्ष पर इसकी वैल्यू कितनी है एक्स अक्ष पर इसकी वैल्यू देखिएगा आप छः इसकी वैल्यू कितनी है सिक्स तो आप लिखेंगे बिंदु डी का जो भुज है वह कितना है सिक्स नेक्स्ट है. सवाल हमें दिया हुआ है H की कोटि बताइए तो देखिएगा H बिंदु कहां पर है H बिंदु हमारा यह रहा यह हमारा H बिंदु है इसकी कोटि बताना तो कोटि कैसी होती है उद्व जो लाइन होती है बाय अक्ष होता उस पर होती है तो बाय अक्ष पे एच की वैल्यू कितनी है माइनस कितनी है माइनस तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस नेक्स्ट सवाल हमें दिया हुआ है बिंदु एल के निर्देशांक बताइए तो सबसे पहले नंबर आप इसमें देखिए इस ग्राफ में, में बिंदु एल कहां पर दिया हुआ है तो बिंदु एल आप देखेंगे तो ये पांचवे नंबर पर दिया हुआ है अक्ष में इसमें क्या किया गया है एक्स की वैल्यू तो है ही नहीं क्यों नहीं है क्योंकि एक्स में तो कुछ है ही नहीं है केवल बाय अक्ष पे दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है तो इस बिंदु का नाम हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू इसमें जीरो है और वाई की वैल्यू कितनी है फाइव है तो इसके निर्देशांक होंगे जीरो फाइव जीरो फाइव क्यों फाइव अकेला क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि पहली संख्या लिखी जाती एक्स की और दूसरी संख्या, है संख्या लिखी जाती बाय की और यहाँ पर वाई की संख्या है फाइव और एक्स की संख्या है जीरो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बिंदु M के निर्देशांक बताइए तो देखिएगा M कहाँ पर है M ये बिंदु है बिंदु M कहाँ पर है x अक्ष पर है इसके निर्देशांक बताना इसमें y की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो M कहाँ पर है -3 पर है तो हम इसमें लिख देंगे -3 और y की वैल्यू कितनी है 0 तो इसके निर्देशांक बिंदु हो जाएंगे माइनस थ्री